सही बोला कहा नकली दिखाते सब नकली प्यार यहाँ पर है काम जब तक रहते तब तक बनते कहाँ पर है दूर प्यार सब फेक यहाँ पर है कितने कितने इन्हें मतलब बस तेरे में पैसे कितने, नकली नकली और और अकल इनके दिखाते खुद को प्योर, जैसे नेक ने, इस दिल के कर्मा, जब फसल की होगी कटाई तब बनने लगेंगे सब भाई <laughs> कहा पर है कहाँ पर है प्यार कहा पर है को तो नकली पर है यहां पर पर है है दर्द में जीना और रहना यहाँ पर है सकल पे बनते सब नेक पर पीट पीछे है सारे स्नेक खास बनते और बकवास करते और कहते हम साथ आखिरी सांस तक वहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर, पर है सब बनते अपने जब होते सारे पूरे सपने गलत वक्त में लगते दर्श ने नकली हो बनते क्यूं? हम तो साथ देते हर वक्त सबका यू नकली रैपर काफी उन्हें नहीं देने वाला माफी कदर कर मेरे कला की कौन है साथ और खिलाफ सब पता रहता मगर मैं इन लोगों के बारे में नहीं सोचता जरा भी यहाँ पर यहाँ पर हैं पर पर है कहाँ पर है ढुनने को निकले प्यार तो नकली record kahan par hai kahan par hai kahan par hai kahan par hai pyar